और आप देखें पल पल यूपी के खीरी में किसानों को कुचलने को लेकर के विवाद के मामले में फतेहवाद में किसानों ने लघु सचिवालय में धरना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ नारेबाजी की किसान नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि यूपी की घटना बेहद शर्मनाक है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर किया गया हमला पल पल फते राजेश भांबू की खास रिपोर्ट किसानों की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फरेबाद में किसानों ने यूपी के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने की मांग की है इसके साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीते दिन चंडीगढ़ में दिए गए विवादित बयान को लेकर किसानों ने हरियाणा के सीएम खट्टर की, की बर्खास्ती की मांग की है आज अपनी मांगों को लेकर के किसान आक्रोशित दिखे और फतेहाबाद में किसानों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय का घेराव किया किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा तो पुलिस प्रशासन की ओर से लघु सचिवालय पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संघ किसान मोर्चा के फतेहबाद के किसान नेता कल्याण सिंह ने कहा है कि यूपी में लख्मीपुर में खेड़ी में गिरह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलने पर और किसानों की हत्या की जाने पर कई किसान इस घटना से घायल हो गए हैं उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि यूपी के गिरह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए वहीं मनदीप सिंह नथवान ने कहा की यूपी के लखीपुर खीरी में किसानों का मर्डर सरकार ने किया है आज संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला स्तर पर किसान धरना देकर के प्रदर्शन कर रहे हैं अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट मुर्दाबाद मुर्दाबादेश्वरी सरकार मुर्दापाद मुर्दाबाद मुर्दाबादेश्वरी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसानों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के और कई किसानों की हत्या कर दी कई किसान उसके अंदर घायल है संयुक्त मोर्चा की यह काल है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती 302 सौ की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करते तो तब तक पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर मुख्यालय के अंदर डीसी का और डीएम को घेराव करना है दस बजे से 1 बजे तक और ज्ञापन देना है जी खट्टर का एक सवाल संवैधानिक पद पर राज्य के, के मुखिया होते हुए इस तरह का बयान जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और लोकतांत्रिक देश में कतई स्वीकार नहीं करेगा एक किसान मजदूर होने के नाते ये बयान उनका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हम इसकी निंदा करते हैं और राज्यपाल से ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इसको बर्खास्त किया जाए घटना और डी से पी ये मांग करते हैं कि वो संविधान की जो उन्होंने शपथ ले रखी है रक्षा करने की उसका हरियाणा के अंदर इनकी बात ऐसी दंगा बढ़वाने का इसके ऊपर केस दर्ज किया जाए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए क्या है जी? जो यूपी के अंदर किसानों के ऊपर जिस यूपी सरकार ने जो मर्डर का मर्डर किया है इसमें बहुत से किसानों घायल हुए हैं और एक मतलब ऐसा काम किया जब से अंग्रेज राज की तरह अंग्रेज क्या करते वो काम इंसानों की जान ले लेना ये बीजेपी सरकार ने किया उसके विरोध में और गृह मंत्री को बर्दास्त करने की मांग और उसके खिलाफ बता रहे हैं किसों के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल बेचने की मांग को लेकर आज पूरे देश के जितने भी डी सी पे उन पर हम धरने देते हैं संयुक्त मोर्चे के काल पे और हजारों लोग जो आर डी सी दफ्तर की तरफ आ रहे हैं और ये एक बड़ी लड़ाई है किसानों की और जो बीजेपी सरकार है वो लगातार किसानों के आंदोलन को का करना चाहती है अभी शहादतें अभी हमारे साथ होगी ऐसे जीप से रोंदा गया जैसे हम किसी गुलाम मुल्क में रह रहे हो एक बड़ी लड़ाई किसान दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस गृह मंत्री को बरसात किया जाए उसके बेटे के ऊपर साढ़ा तीन सौ दो लगाते जेल में बंद किया जाए और ताकि किसानों को इंसान मिल सर कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री खट्टर ने जो उनको बयान दिया है कि लठिया लेके किसान खड़े थे उनके उनको बर्खास्त किया जाए उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं इनका इतिहास दंगों का इतिहास है ये दंगे वाली कराने वाली पार्टी है ये लठ के हर हर चीज बन सकती है हिटलर को मानते हैं हिटलर करने की विचारधारा आज़ाद आज़ादी को, को सहन नहीं कर सकते इसलिए ये कुछ भी बयान दे सकते हैं अगर हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से इसलिए का जवाब देंगे क्योंकि लट माइक के कह रहे हैं जब लट लेके आएंगे तो इसलिए का जवाब भी दिया जाएगा तो सर यूपी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को हम अंदर नहीं घुसने देंगे इसके बारे में क्या कहूँ देखिए मैं पहले लोकतंत्र का कत्ल कर रही हूँ लोकतंत्र के खिलाफ है ये पार्टी और लोकतंत्र शब्द से नहीं नफर सर अभी आज आपकी मुख्य मांग क्या है मुख्य मांग है गृह मंत्री किया जाए उसके बेटे को में जाए तो जाए। अगर ये नहीं होता है तो प्रदर्शन का तो आंदोलन होगा जो मोर्चा फैसला करेगा उससे फैसले के मुताबिक हम आगे आंदोलन करेंगे क्या नाम और क्या पद है